नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल एच ओविदासी पे वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह क्या सौगात लेकर के आया है अक्टूबर माह में वृषभ राशि के जातकों का भविष्य कैसा होगा अक्टूबर माह को प्रभावी बनाने के लिए विशेष तौर पर क्या ऐसे दिव्य उपाय करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा इस दिवाली आप वृषभ राशि के जातकों पर धन की वर्षा हो तो दर्शकों अंत तक बने रहिएगा आपको पूरा राशिफल बताएंगे ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में भी अवगत कराएंगे इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इन पर भी एक दृष्टि डालेंगे आगे बढ़ें दर्शकों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना आइकन जरूर दबाई ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी अपडेट आप तक बिना किसी बाधा के पहुंचे और आप सभी लोगों को सूचित करते हुए बहुत हर्ष की बात हो रही है कि दिनांक उन्नीस व बीस अक्टूबर को मैं खुद नई दिल्ली में आ रहा हूँ इच्छुक दर्शक जो कोई भी वृषभ राशि के हैं या कोई और भी हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे पर्सनली मिल करके तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं चलिए दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से अक्टूबर माह के, इस पर डाल लेते हैं। तो दो अक्टूबर को गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है वहीं छह अक्टूबर को महाअष्टी पूजा पड़ेगी सात तारीख को सोमवार दिन रहेगा और शर्दीय नवरात्रि का पारण भी रहेगा और महानवमी भी इस दिन रहेगी आठ अक्टूबर को देखिए दशहरा है और दुर्गा विसर्जन भी आठ तारीख को ही है 9 अक्टूबर बुधवार दिन रहेगा पापा कुंशा एकादशी व्रत रहेगा 11 अक्टूबर शुक्रवार दिन रहेगा शुक्ल पक्ष का शुक्रवार रहेगा और प्रदोष व्रत रहेगा 13 अक्टूबर रविवार दिन शरद पूर्णिमा रहेगी और वाल्मीकि जयंती भी इसी दिन होगी 17 अक्टूबर गुरुवार दिन जो है रहेगा और चतुर्थी तिथि रहेगी करुआ चौथ का व्रत जो है रहेगा इसी दिन मनाया जाएगा इक्कीस अक्टूबर सोमवार दिन अहोई अष्टलक्ष्मी व्रत जी हां माँ लक्ष्मी का व्रत है और कोशिश कीजिएगा इसको आप लोग रहिएगा 24 अक्टूबर दिन गुरुवार रमा एकादशी व्रत रहेगा 25 अक्टूबर को शुक्रवार दिन रहेगा और धनतेरस जी हां एक तो शुक्रवार ऊपर से धनतेरस और प्रदोष व्रत भी इस दिन रहेगा तो धनतेरस के लिए एक अलग से वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाएंगे उसको आप लोग जरूर देखिएगा छब्बीस अक्टूबर शनिवार दिन रहेगा नरक चतुर्दशी रहेगी और 27 अक्टूबर रविवार दिन के दिन दीपावली दीपों का पर्व लाइट्स का पर्व और महालक्ष्मी को मनाने के लिए विशेष पूजा अर्चना होती है तो इससे रिलेटेड भी एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है और भी जो है चीज़ें हम आपको बताएंगे 28 अक्टूबर को सोमवार दिन रहेगा गोवर्धन पूजा रहेगी उनतीस अक्टूबर को भाईद्वीज रहेगा और विश्वकर्मा जी की जयंती भी रहेगी तो दर्शकों ये तो था इस माह के व्रत एवं त्यौहार क्या क्या हैं अब चलो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या इंडिकेट कर रही है तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख लीजिए इस बार राहू आपके मिथुन राशि में गोचर कर रहा है छः नंबर जहाँ आप देख रहे हैं पंचम भाव देख रहे हैं सूर्य और मंगल की यहाँ पर देखिए युति बन रही है तुला राशि में बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है आठ नंबर जो आप देख रहे हैं सप्तम भाव में यहां पर जो है देवगुरु बृहस्पति यहां पर विराजमान है नौ नंबर शनि और केतु एक साथ विराजमान है तो कुल मिलाकर के ओवरऑल ग्रहों की स्थिति पंद्रह तारीख के बाद से कुछ इस तरीके से रहेगी इसी को मानक मान करके दर्शकों राशिफल तैयार किया गया और ये राशिफल हमारा चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाव व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि ना चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य गोचरे जन्म राशि तो शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की ही प्रधानता देनी चाहिए नाम राशी की चिंता भी नहीं करनी चाहिए तो वृषभ राशि के जातको एक से लेकर के सोलह अक्टूबर तक शुभ कार्यों में प्रवृत्ति आपकी सहभागिता बढ़ेगी बिकॉज ऑफ केतु केतु यहाँ पर देख लीजिए अष्टम हाउस में बैठा हुआ है और अपनी पंचम दृष्टि दे रहा है द्वादश स्थान में जो अष्टम घर होता है यह होता है अकल्ट फील्ड का और द्वादश स्थान होता है ये का होता है धार्मिक और आपके व्यवसाय का भी होता है तो इस माह आपको व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी धन आगमन में कुछ कमी होती हुई दिखाई पड़ रही है लेकिन पंद्रह तारीख के बाद से आपके मार्ग प्रशस्त होंगे बिकॉज ऑफ़ जुपिटर जुपिटर जो है सप्तम स्थान पर बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि एकादश स्थान एकादश स्थान जो होता है ये आपके आय का होता है ये आपके होता है इनकम का तो इनकम के घर पर ये दृष्टि दे, दे रहे हैं तो पंद्रह तारीख के बाद से आपको अचानक से धन लाभ होगा वहीं सेकेंड हाउस में बैठा हुआ राहू आपके मोहल्ले में पास पड़ोस के लोगों से बात विवाद भी, भी करा सकता है पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है और पद औनति का भी भय यहाँ पर बना हुआ है लेकिन चिंता मत करिएगा शनिदेव जो बैठे हुए हैं अष्टम स्थान पे अपनी तीसरी दृष्टि स्वग्रही अपने घर को देख रहे हैं आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं तो आपको कोई उच्चाधिकारियों से इनाम भी मिलता हुआ रिवार्ड भी मिलता हुआ नजर आएगा जो कोई भी आपके खिलाफ़ प्लानिंग करेगा खुद ही गड्ढे में खिलेगा क्योंकि जो यहाँ पर देखना है, हैं छठा स्थान छठे स्थान पे बुद्ध शुक्र बैठे हुए हैं तो आपके अंदर जो अज्ञात भय था वो भी निकलता हुआ नज़र आएगा कोई जो है आपका जो है क्या कहते हैं महिलाओं के माध्यम से काम बनेगा दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद आपके बढ़ेंगे और एक बात बता दें दर्शकों संतान के विषय में कुछ चिंता होती हुई दिखाई दे रही है आपको कफ से रिलेटेड कोई जो है रोग हो सकता है आ, प्रेम प्रसंगों में असफलता मिलेगी किसी महिला माध्यम महिलाओं के माध्यम से आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है 18 अक्टूबर से मास के अंत तक का जो समय रहेगा धन लाभ का समय रहेगा कार्यों में जो अवरोध थी विघ्न बाधाएं थी वो समाप्त होगी नए एग्रीमेंट सहयोग के क्रियान्वयन में जो है आपके बनते हुए दिखाई दे रहे कोई दुर्घटना मेजर होने वाली होगी उसमें बचाव होगा वरिष्ठों का अनुग्रह आपको प्राप्त होगा मन में धन एवं सुख की प्राप्ति और संतोष रहेगा घर में किसी आध्यात्मिक अथवा मांगलिक उत्सव मन आपका प्रसन्न रहेगा आपके अंदर जो है सात्विकता में वृद्धि होगी सहयोग मिलेगा मिलेगा रोगों से छुटकारा पदोन्नति संबंधी वाद समाप्त होने से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तो वृषभ राशि के जात को यह माह आपके लिए काफी कुछ सौगात लेकर के आया है वहीं विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी जब कुंडली का जो छठा स्थान होता है स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बुद्ध और शुक्र शुक्र यहाँ अपने घर के हो गए हैं तो जो भी कंपटीशन देने जो है विद्यार्थी जा रहे हैं इनको यहाँ पर सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आएगी जैसे ही 4 अक्टूबर को शुक्र नीच के अभी जो है चल रहे हैं लेकिन ये जैसे ही सात नंबर में आएंगे तो ये मान के चलिए यदि कोई एग्जाम्स वगैरह आपका है तो वो आपको जो है ए, क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो शिक्षा में भी आपके प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जो आपका लग्नेश रहेगा लग्नेश बनते हैं शुक्र यहाँ पर और शुक्र छठे स्थान में आ गए हैं तो कुछ शारीरिक कष्ट और हानि भी संभव है शुभ कार्यों में या अपने ऊपर आपका खर्च अच्छा होगा कोई लोन वगैरह भी यदि आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको लोन मिलेगा विदेश जाने का योग बन रहा है अत्यधिक परिश्रम करने पर व्यवसाय में वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी बनते कार्यों में जो विघ्न आ रही है वो दूर होती हुई जाएगी दिनांक सत्रह से भाग्य का स्वामी ग्रह जो सूर्य रहेगा ये दर्शकों देख लीजिए यहाँ पर अपने नीच राशि में आ जाएंगे तो नीच राशि में आने में तो आपको नौकरी में थोड़ा सा दिक्कत आएगी समझिएगा वहीं दर्शकों आपको कार्यों में असफलता से मन कुछ खिन्न होगा आर्थिक हानि होगी और आपके विरोधी इस बीच मुखर होंगे शक्ति आपकी छीड़ होगी पठन पाठन अध्ययन अध्यापन में अरुचि बढ़ेगी दर्शकों सा चार तारीख से सत्रह तारीख तक लाभ के विभिन्न मार्ग आपके प्रशस्त होंगे नए समझौते बनेंगे सहयोग तथा एग्रीमेंट में आपके विचारों तथा सुझावों की प्रधानता रहेगी आपके जो सहयोगी हैं साझेदार हैं इनसे आपका विवाद खत्म होता हुआ नजर आएगा आपको व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा संतान के कार्यों से प्रतिष्ठा बढ़ेगी दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा किसी अनजानी विपत्ति तथा यात्राओं में दुर्घटनाओं से चमत्कार रूप से बचा होगा आपको खुद पता चलेगा कि आपके पीछे कोई शक्ति है जो आपको बचा रही है वही अठारह से सत्ताईस अक्टूबर तक कार्यो में असफलता मिलेगी सुख समृद्धि में बाधा आएगी स्वास्थ्य खराब रहेगा प्रशासनिक कारणों से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की हानि होगी मानसिक तनाव रहेगा आर्थिक स्थिति कठिन कठिन होगी, जाएंगे जहाँ पर आप सम्मान के पात्र बनेंगे जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा दाम्पत्य जीवन में मतभेदों का समाधान होगा किसी अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा महिलाओं के माध्यम से लाभ सम्मान तथा कार्यो में आप सफलता मिलेगी वृषभ राशि वालों के जो छठे भाव में शुक्र ग्रह का संचार रहेगा तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी आपको प्रॉब्लम देगा हालांकि बाहर निकाल देगा लेकिन सावधान रहिएगा हो सकता है हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ जाए लोन वगैरह आपको मिलेगा तो बाकी सब देखिए ठीक है आपके अंदर थोड़ी सी उग्रता आएगी उत्तेजना आएगी तो आप अपने कामों में खुद विघ्न एक प्रकार से करेंगे तो अपनी उत्तेजनाओं पर काबू रखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा अनियोजित खर्चे से बचिएगा लड़ाई झगड़ा आपको हो सकता है फिर हमने कहा स्टार्टिंग में ही कि पा पड़ोस में घर परिवार में किसी के साथ आपकी तू तू मय बहस हो सकती है आपको किसी के लड़ाई झगड़े में व्यर्थ का पड़ना ही नहीं है तो दर्शकों ये तो था वृषभ राशि के जातकों का अक्टूबर माह कैसा जाएगा अब देखिए यहाँ पर जो राहु बैठा हुआ है राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है लेकिन पंचम दृष्टि छठे स्थान पे दे रहा है तो सूर्य जैसे ही नीचे होंगे तो सबसे ज़्यादा इनको परेशानी राहु से होगी तो सूर्य सूर्य पर राहू की दृष्टि होगी तो इनसे मामला थोड़ा सा आपका बिगड़ेगा तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बचाव करके रखना हुआ है बाकी देखिए दर्शकों जो मंगल रहेगा ये अपनी जो है ताकत यहाँ पर दिखाएगा शनि और केतु जो बैठे हुए हैं ये कार्यक्षेत्र में आपको काफ़ी हद तक की बचाएंगे। दर्शकों इस माह में सबसे ज़्यादा आपके लिए जो लकी कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर रहेगा ब्लू कलर रहेगा और ग्रीन कलर आपके लिए शुभ रहेंगे वार्षिक राशिफल भी हमने वृषभ राशि के जातकों का डाल दिया है दो का तो आप लोग जा के उसको देख सकते हैं आपके लिए जो सबसे अनुकूल दिशा रहेगी इस माह में तो यदि आप दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा, दिशा में जाते जाते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होंगे इवन दक्षिण पश्चिम दिशा भी आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी इस माह में जो सबसे लकी डेज आपके लिए रहेंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए कागज़ लेकर के चार तारीख छः तारीख नौ तारीख इक्कीस तारीख तेईस तारीख इकतीस तारीख सबसे लकी डेज और सबसे फेवरेबल दिन आपके रहेंगे वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो दो तारीख ग्यारह तारीख चौदह तारीख सोलह तारीख उन्नीस तारीख पच्चीस तारीख सत्ताईस तारीख और उनतीस तारीख आपके लिए दिन ठीक नहीं रहेंगे कोशिश कीजिएगा कि इस दिन में किसी से आप बात विवाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस माह को प्रभावी बनाने के लिए उपाय बता दे रहे हैं सोमवार और शुक्रवार के दिन आपको विशेष रूप से अनार के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करना है और हम आपको बताना चाहेंगे जिस दिन धनतेरस होगा शुक्रवार दिन देखिए पड़ तो उसमें भी आप अनार के रस से ही अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए सोमवार वाले दिन चीनी का और मिश्री का दान किसी महिला को यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा माह हमें अमावस्या वाले दिन पालक में काला नमक डाल के आपको गाय को खिलाना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि साढ़े साथ का अंतिम चरण चल रहा है इसलिए मेरे भाई वृषभ राशि के जातकों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मंगलवार व वा शनिवार वाले दिन सुंदर का पाठ जरूर करिए और दिल्ली में आ रहे हैं उन्नीस और बीस अक्टूबर को आप लोग अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण यदि हमसे करवाना चाहते हैं तो विश्लेषण करवा ये बहुत ही कम शब्दों में कम समय में अधिक से अधिक आपको बताने की कोशिश किए हुए हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से बताइए यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या पुराने हैं तब भी सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार